तो हेलो दोस्तों मैं सुजीत कुमार सिंह फिर एक बार दोबारा आपके साथ आया हूं गूगल सीट की क्लास में और गूगल सीट में हम बात आपके साथ कर रहे हैं चार्ट्स की तो पिछले वीडियोज में हमने आपको बताया था कि जब चार्ट हम इंसर्ट करते हैं तो किस तरीके से हम कॉलम चार्ट का यूज करते हैं अब हम बात करते हैं पाई चार्ट का जी हाँ पाई चार्ट मतलब कंट्र्यूशन देखने के लिए चार्ट का इस्तेमाल होता है उन चार्ट्स के बारे में बात करते हैं तो हम डेटा को सिलेक्ट करते हैं इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ हम करते हैं चार्ट्स चार्ट्स पे क्लिक किया और यहाँ देखिए आपके सामने कॉलम चार्ट दिख रहा है जी हाँ कॉलम चार्ट बाई डिफॉल्ट कॉलम चार्ट ही ऐड होता है पर मुझे कॉलम चार्ट नहीं चाहिए मुझे कोई और चार्ट चाहिए तो कॉलम चार्ट पे हम क्लिक करते हैं यहां से अपने चार्ट को चेंज कर सकते हैं जैसे कि लाइन चार्ट की बात करें तो ये आपका लाइन चार्ट आया हुआ है लाइन चार्ट बट लाइन चार्ट हम इसमें यूज नहीं करते लाइन चार्ट का यूज होता है डेट में जैसे डेट बाइज यह भी एक लंबा फ्लो जी फ्लो देखिए फ्लो देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं कल लास्ट वीडियो में बताया था कि हम चार्ट का यूज तीन चीजों में के लिए करते हैं पहला हम कंपेयरिंग करते हैं जो कि हमने कॉलम चार्ट के जरिए कंपेयर किया दूसरा आता है फ्लो जैसे आपको मान लीजिए सेल्स का फ्लो देखना है कि किस डेट में बढ़ा घटा इस तरह से फ्लो देखना है आपको तो उस केस में हम इसका यूज करेंगे कि आपका डेट वाइज हमने ले लिया एक लंबा डेट और एक हमारे पास एक रैंड बिटवीन का फॉर्मूला होता है जो कि रैंडम नंबर देता है रैंड बिटवीन रैंड बिटवीन फॉर्मूला है हम हमने इसको सिलेक्ट किया सिलेक्ट करने के बाद हम जाते हैं इंसर्ट में और इंसर्ट में जाने के बाद हम चार्ट्स पे क्लिक कर देते हैं चार्ट पे क्लिक करने के बाद वो बाई डिफॉल्ट हमारा लाइन चार्ट आया और डेटा के अकॉर्डिंग गूगल को बिल्कुल अंदाज़ा लगा देता है कि इस पर किस तरह का चार्ट होना चाहिए तो ये लाइन चार्ट में जब इसने हुआ जब इसके लाइन चार्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको सजेस्ट करता है कि जो डेटा है इस पर किस तरह के चार्ट होनी चाहिए क्या ऐसा चार्ट होना चाहिए या ए चार्ट होना चाहिए या ये चार्ट होना चाहिए या फिर ये चार्ट होना चाहिए इसको एरिया चार्ट करते हैं तो हम पहले लाइन चार्ट में आते हैं तो लाइन चार आप देखिए चार्ट की जो फॉर्मेटिंग है कस्टमाइज पे जाएंगे तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग होता है तो फॉर्मेटिंग में एक चार्ट के स्टाइल है चार्ट का बैकग्राउंड कलर जो भी लास्ट क्लास से बताया था वो स्मूथ होना चाहिए ये आपका जो लाइनिंग है लाइनिंग स्मूथ होना चाहिए यहाँ पे स्मूथ आएगा मैक्सीमाइज होना चाहिए मतलब कि चार्ट जूम होना चाहिए बाकी चीज़ न दिखना चाहिए देखिए इस तरह से तो मैक्सीमाइज कर सकते यहाँ पे प्लॉट नॉन नॉन वैल्यू तो अगर ब्लैंक उस पर दिखता है कंपेयर मोड कंपेयर मोड में भी जब दो होता तो कंपेयर के मोड यूज होता है फिलहाल तो एक ही है चार्ट के एक्सेस वगैरह सेम है जो कि हमने आ, बात की थी लास्ट क्लासेस में इसमें कोई चेंजिंग नहीं है हाँ सीरीज में जब आते हैं तो यहाँ सीरीज का कलर तो जो लाइन का कलर है वो अपने हिसाब से लाइन के कलर को यूज़ कर सकते हैं इसकी जो बैकग्राउंड है मतलब की जो ट्रांसपेन्सी है वो कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं आपको क्या चाहिए लाइनिंग डाय डॉट लाइन में चाहिए या डैश में चाहिए या डॉट डाय डॉट्स में चाहिए ये चीज़ें आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं लाइन की जो थिकनेस है मतलब इसकी जो मोटाई है वो ऑटोमेटिक होना चाहिए या फिर आप यहाँ से चूज कर सकते हैं कि 2px पे हो या 8px पे हो तो इस तरह से आप इसकी मोटाई चूज कर सकते हैं उसके बाद प्लॉट साइज से पिक्स कर देते हैं तो ये प्लॉट की जो साइजिंग है वो डिपेंड करता है सर्कल होना चाहिए या ट्राइंगल होना चाहिए साइड में जहाँ शुरुआत में देखिए जहाँ ए है स्टार होना चाहिए ए जहाँ जहाँ पॉइंट्स है वहाँ वहाँ दिखेगा ये चीज़ में आता है एरर बार चाहिए या फिर डेटा लेवल ट्रेंड लाइन ये चीज़ें यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं जो आपने चेंजिंग किया था इसमें कॉलम चार्ट में जो लास्ट वीडियो जो मैंने डिस्कस की थी वो सब चेंजिंग आप यहाँ भी कर सकते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आसानी से यहाँ कर सकते हैं लाइन चार्ट में अब लाइन चार्ट में अब यहाँ यहाँ से अब चार्टो से चार्टिलेक्ट कर लिया कोई भी चार्ट लाइन चार्ट कोई भी साइड से लिया तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ होता है डिलीट चार्ट डाउनलोड आपकी इमेज में पीडीएफ में या फिर आपका जो एसपी फाइल जो होता है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक फाइल जो होता है उसमें यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं पब्लिश चार्ट अब पब्लिश चार्ट क्या होता है जैसे कि आप इस फाइल को कई सारे लोगों के साथ शेयर कर रखे हैं तो पब्लिश करेंगे तो वहाँ पर वो पब्लिश हो जाता है कहाँ में पब्लिश करना है आपको चार्ट और सिर्फ चार्ट लिखेगा वहाँ यहाँ पब्लिश चार्ट पे करते हैं तो पब्लिश चार्ट में हमने यहाँ पे यहाँ पे लिंक हो गया और यहाँ पे पब्लिश कर दिया एंड अब इस लिंक को अगर मैं किसी को भेजता हूँ और इस लिंक को ओपन होता है तो सिर्फ वो चार्ट जो है वो चार्ट यहाँ पे दिखेगा एम बेट जैसे आप गूगल सीट की कोई कोई भी चीज है और जैसे कि कोई भी इस चेंजिंग करते हैं आप मान लीजिए कि मैंने इसका जो कलर है तो कलर को ब्लैक कर दिया यहाँ एडिट चार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा कस्टमाइज पे हूँ चार्ट स्टाइल पे आता हूँ स्लीज पे स्लीच पे आता हूँ कलर जो है मैं यहाँ पे ब्लू कर दिया और इसके बाद फिर मैं यहाँ पे आऊँगा तो इसको रिफ्रेश करता हूँ तो एक बार इसको पब्लिश करना होगा उसके बाद क्योंकि जो चेंजिंग किए है वो पब्लिश हुआ नहीं इसको एक बार पब्लिश करें पब्लिश चार्टे आ गया लिंक एक मिनट पब्लिश चार्ट लिंक पब्लिश तो वहां पे जस्ट अपडेट करते ही अपडेट हो जाएगा रिफ्रेश करते ही पे अपडेट हो जाता है लिंक होता है, आगे अपडेट लगता है पर एट और और चाहे वो आपका पब्लिश कर सकते हैं तो लाइन चार्ट हमने आपके साथ डिस्कस की है लाइन चार्ट में आगे वो भी होता है लाइन में सकते हैं जिसमें इस तरह का कर्म बनता है या ले सकते हैं या फिर स्मूथ लाइन चार्ट बोलते या फिर आप कॉम्बो चार्ट कॉम्बो चार्ट पे तो नहीं होगा कॉम्बो चार्ट भी चार्टूज होता, होता है जैसे कि मैं इसको डिलीट करता हूँ और ये मंथ वो ही लेता हूँ यहाँ पे और मंथ के नीचे मैं टारगेट ऐड कर देता हूँ ये आपका टारगेट है और इसके बाद मैं यहाँ पे इंसर्ट में आके चार्ट इंसर्ट करता हूँ अब देखिए ऑटोमेटिक लाइन चार्ट आ गया क्योंकि यहां से इसने कॉम्बो चार्ट लिया हुआ है तो इस तरह से आप दो लाइन चार्ट ले ले या कॉम्बो चार्ट ले ले। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है जो चार्ट आप लेना चाहते हैं अब यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं कि भाई टारगेट जो है आपका यहाँ सेल्स होना चाहिए या टारगेट होना चाहिए स्वेप भी कर सकते हैं आप स्विच कॉलम पे क्लिक कॉम्बो तो चार्ट इस तरह से, तो से इस्तेमाल तो तो इस तो इस इस की जाती है कस्टमाइज में जाके इसकी जितने भी है उसको यूज कर सकते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही अगली वीडियो में हम बाकी पे डिस्कस करेंगे आपके साथ थैंक यू